हेलो दोस्तों आप कैसे हैं मुझे विश्वास है आप बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों आज हम अभिनय के बारे में बात करेंगे अभिनय पढ़ने से सुनने से या देखने से नहीं आता अभिनय करने से आता है वो समय था जब हम एक अभिनय के बारे में नॉलेज के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था बुक पढ़नी पड़ती थी बुक भी बड़ी आसानी से नहीं मिल पाती थी बुक ढूंढने के लिए भी कई बार मीलों दूर जाना पड़ता था तो दोस्तों आज समय बदल चुका है आज का समय गूगल मास्टर जी यूट्यूब हम इनसे चाहे तो तुरंत नॉलेज ले सकते हैं आज ढेर सारी बुक आ चुकी हैं आज बहुत सारी नॉलेज हम कहीं से भी ले सकते हैं आज समय आज से 50 साल पहले के मुकाबले कोई भी काम कोई भी लक्ष्य बड़ा आसान हो चुका है दोस्तों मान लीजिए आपने अभिनय की वीडियो भी देखी या बुक्स भी पढ़ ली या नॉलेज ले ली आपने अभिनय के बारे में खूब छ महीने एक साल आपने फुल फ्लैश ट्रेनिंग ले ली और उसको प्रैक्टिकल नहीं किया तो दोस्तों वो अभिनय आप अभिनय में उसमें ट्रेंड नहीं हो पाएंगे अब मान लीजिए कोई गाड़ी है आपको किसी ने कार में बैठा दिया और स्टैरिंग आपको दे दिया कि चलाओ भाई गाड़ी वो तभी भी नहीं आ पाएगी उसकी पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी अब मान लीजिए किसी ने आपको पूरी फल फ्लैश नॉलेज दे दी कि कार ऐसे चलेगी गियर ऐसे लगेगा स्टेरिंग ऐसे आपने मोड़ना है ब्रेक ऐसे लगेगा क्लिच ऐसे लगेगा सिर्फ आपको समझाया है आपने उसको प्रैक्टिकल नहीं करा तो तब भी आप कार नहीं सीख पाएंगे अब मान लीजिए कोई ट्रेनर है आपको तरक्की के बारे में आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि आप इस तरह हाथ पैर चलाने हैं आपने योगासन भी करना है आपने वर्जिम में भी जाना है आप पानी से होने वाले नुकसान भी आपको बता रहे हैं क्लोरीन से ये नुकसान होता है बालों को को, आपको सभी चीज़ें बता दी आप आपको छ महीने ट्रेनिंग दे या एक साल दे या दस साल दे सिर्फ आपको बताया गया है समझाया गया है उसने आपको पानी में नहीं उतारा तो आप अच्छा तराग नहीं बन पाएंगे अच्छा तराग तभी बन पाएंगे जब आप पानी में उतरेंगे पहले कम पानी में फिर थोड़ा ज्यादा पानी में तब भी आप अच्छे तराग बन पाएंगे ठीक ऐसे ही अभिनय भी सिर्फ सुनने से देखने से या पढ़ने से नहीं प्रैक्टिकल से आएगा अभिनय करत करत अभ्यास की विद्या है जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे हम प्रैक्टिस से हमारा हमें क्या सीखने को मिलता है प्रैक्टिस से हमें अपनी कमियों का और अपनी खूबियों का पता लगता है मान लीजिए हम साइकिल चला चलाने से पहले हमें बहुत डर लगता है हम दो चार बार गिरते भी हैं चोट भी लगती है जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें अपनी कमियों का खूबियों का पता लगता है उससे क्या होता है कि कमियों का खूबियों का पता लगने से हम अपनी कमियों को एक, एक पावर बना लेते हैं हमें पता ये पता लग जाता है कि बैलेंस कैसे बना जाता है तो हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं ठीक अभिनय की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट बनते जाएँगे आप परफेक्ट होते जाएँगे तो अभिनन में परफेक्ट बनने का एक ही रास्ता है रोजाना प्रैक्टिस कीजिए कोई भी आप डायलॉग लीजिए जैसे कि नोरस होते हैं अलग अलग इमोशन के आप डायलॉग रोजाना प्रैक्टिस कीजिए ये छोटे छोटे स्टेप आपको एक दिन बहुत बड़ा एक्टिंग मास्टर बना देंगे हमेशा कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी अभ्यास में बहुत बड़ी पावर होती है लगातार आप छोटे छोटे स्टेप करके चाहे पाँच मिनट दस मिनट बीस मिनट आधा घंटा आप एक्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि डायलॉग कैसे बोला जाता है उतार चढाव कहाँ थोड़ा स्ट्रेच दिया जाता है तो आपको नॉलेज होती चली जाएगी तो दोस्तों अभिनय सिर्फ देखने सुनने से नहीं या पढ़ने से नहीं करने से आएगा और आज की वीडियो बस इतनी ही थी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद